पकड़े लो बाहर घुराई नहीं तो डूबे जाए पकड़े लो बाहर घुराई नहीं तो डूबे जाए पकड़े लो बाहर घुराई नहीं जगर ये अगम अन्य जानी पथिक मई मूड़ ज्ञानी जगर ये अगम जानी पथिक मई मूड़ ज्ञानी संभालो जे नहीं राघो संभालो नहीं रागो तो काटे टू जाएंगे पकड़ लो बाहर गोरारी नहीं तो रूबे जाएंगे नहीं बो जित मेरा नौका नहीं ते राहू पका नहीं वो हित मेरी नौका नहीं तट में पका कृपा का सेतु बंधन हो कृपा का सेतु बंधन हो प्रभु जी तूबे आए पकड़ लो बाहें ई नहीं तो डूबे जाए नहीं है बुद्धि भी डबल मया में डूबी मती चुल नहीं है बुद्धि भी डबल माया में डूबी मति चंचल निहारो जे मेरे अवगुण निहारो जे मेरे अवगुण तो प्रभु जी उदे पकड़ लो बाहर घुराई नहीं तो प्रतीक्षारत है ये आंगन शरण लेन प्रतीक्षारत है ये आंगन शरण ले लोशिया सागन शिकारी चल प्रहला शिकारी ल जी भर प्रहला जी भूले जाएंगे पकड़ लो न पकड़ लो बाहर बुराई नहीं तो रूबे जाएंगे पकड़ लो बाहर बुराई नहीं तो रूबे जाएंगे पकड़ लो बाहर